नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक होना आम लोगों के लिए बेहद जरूरी है आप देख रहे हैं पलपल पल की एक खास रिपोर्ट दीपक कुमार के साथ टोहाना शहर पुलिस द्वारा स्कूलों में साइबर जागरूकता दिवस के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में मुख्य रूप से डी एस सिंह व थाना प्रभारी सुरेंद्र कम्बोज ने शिरकत की इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल आयशाराम ने उनका स्वागत किया इस दौरान प्रभारी डीएसपी वीरम सिंह ने बच्चों को जागरूक करते हुए बताया कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा बेहद जरूरी है तथा इसके साथ साथ जागरूक होना भी बेहद आवश्यक है उन्होंने बताया कि इसके लिए हमें विभिन्न तरह की सावधानी बरतनी होगी तथा इसमें सोशल मीडिया साइटों से निजी जानकारी का सीमित उपयोग करें अपने वित्तीय खातों से संबंधित गतिविधि की निगरानी के नियमित रूप से जांच पड़ताल करते रहें और केवल विश्वसनीय साइटों का ही प्रयोग करें किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय सावधान हमेशा रहें अपना पिन नंबर कभी भी किसी को न दें और न ही किसी को बताएं। पिन किसी के सामने दर्ज न करें अनाधिकृत उपयोग हो सकता है तथा इन सबको रोकने के लिए अपने सभी ऑनलाइन खातों और सोशल नेटवर्किंग खातों की जांच करते रहें यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी जानकारी का दुरुपयोग कर रहा है तो तुरंत कार्रवाई करें और ऑनलाइन भेजे गए सभी दस्तावेजों के पासवर्ड लगा करके उन्हें सुरक्षित रखें अनजान व्यक्तियों को सोशल साइट पर अपना मित्र न बनाएँ तथा साइबर फ्रॉड की ऑनलाइन शिकायत अवश्य करें इस दौरान एस सुरेंद्र कंबोज ने कहा है कि साइबर क्राइम के हर हर समय हर व्यक्ति को सचेत रहना आवश्यक है साइबर क्राइम के प्रति हर व्यक्ति को जागरूक होना भी बेहद आवश्यक है तथा तो कोई भी दिक्कत आने पर तुरंत सूचना नज़दीकी पुलिस थाना को दें ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के लड़कों और लड़कियों को कार्यक्रम के तहत युवाओं को सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप तथा आदि अन्य चीज़ों के बारे में सावधानी बरतने के लिए बताया गया इसके साथ साथ उन्होंने बताया इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि निजी जानकारियाँ साझा न करने के लिए आप हमेशा पासवर्ड को बदलते रहें आप देख रहे हैं की खास रिपोर्ट सर बताएंगे कि जो आज आप आए हैं क्या देखिए आज विश्व में साइबर अपराध जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इसी उत, इसी श्रृंखला में हमारे माननीय डीजीपी साहब हरियाणा के आदेश से और पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहबाद के अनुसार आज सब डिविजन लेवल पर जो है वो स्कूलों में साइबर क्राइम से संबंधित जो है वो जानकारी अवेयरनेस जो है वो कैंप आज चलाया हुआ है इसलिए आज राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में जो है आज यहां टोहाना में ये कार्यक्रम किया गया और बच्चों को इसकी जानकारी दी गई ताकि बच्चे जो है हमारे भविष्य हैं और आगे अच्छे नागरिक बनना है तो उनको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए तो इसी उपलक्ष में आज हम टोहाना के सरकारी स्कूल में एस साहब और मैं आए थे और यहाँ बच्चों को जानकारी दी गई क्या सारे किसी स्कूल में हाँ आज एस एच ओ साहब जो है वो गवर्नमेंट से सीनियर सेकेंडरी स्कूल टुहाना में भी गए थे और वहाँ भी कार्यक्रम किया गया क्या कुछ सारे बच्चों को सुविधाएं बच्चों को जो है वो एटीएम के बारे में और फेसबुक के व्हाट्सएप के बारे में जो है किस प्रकार अपराध होता है किस प्रकार जो है वो क्लिक करने से कोई भी लिंक आता है और अपनी जो फेसबुक पे किसी की फ्रेंड अनलोन की एक्सेप्ट ना करें और ना ही किसी को भेजें इसके बारे में विस्तार से बताया गया है आमजन को क्या सीरियस कहेगा आमजन को यही कहेंगे कि आजकल साइबर क्राइम जो है वो बहुत बढ़ रहा है उससे आर्थिक अपराध जो है वो बढ़ रहे हैं इसलिए जो अपने टेक्निकल माध्यम है जो मोबाइल है उसका सदुपयोग करें दुरुपयोग ना हो आपका और आपका अकाउंट से पैसा जो है वो ना चला जाए इसलिए इसका प्रयोग विशेष ध्यान से करें अगर ऐसी कॉल कोई एस कोई एस सी जाता है तो एस एम एस सी कॉल पर लोगों को क्या संदेश दे क्या करना चाहिए इस प्रकार से अनोन जो कॉल आती हैं उनको अटेंड ना करें और फ्री फंड में कोई भी लॉटरी जो है कोई नहीं देता है और इस प्रकार के झांसे में ना आए क्या लगता है सर जो इसके मामले कुछ ज़्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं हाँ इसके लिए जो है वो ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं इसीलिए इसहार में एक साइबर थाना भी जो है अभी उच्च अधिकारी द्वारा जो है उसका उद्घाटन किया गया है और आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है तो जो हैकर हैं या जो अपराधी हैं वो साइबर क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं सर फेसबुक का ज़्यादा अवेल रहता है फेसबुक को लेकर क्या कहेंगे लोग ज़्यादा हम अब बात करें तो जैसे कि फेसबुक पर ऐसे मैसेज आते हैं लोग जुड़ जाते हैं कुछ ज़्यादा मिस यूज करते हैं देखिए जब तक आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते पर्सनली तौर पर जातिगत तौर पर आप नहीं जानते हैं तो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट और किसी प्रकार